वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लोग सो so, आज अभी बच चुके हैं सुबह के साढ़े ग्यारह और मैं घर का काम करके फ्री हो चुकी हूँ बट uh, मम्मी को एडमिट किया है उसको टाइफॉइड हो चुका है तो दो दिन से एडमिट करा किया है और अभी मेरे को दोपहर का खाना भी बनाना है और वहाँ पे पहुँचाना भी है तो लेट सी मैं खाना बनाती हूँ सो so, यहाँ पर मैंने बना दी है सेव टमाटर की सब्जी और मैंने आटा भी गुंद लिया है सो मम्मी मम्मी को मैंने कॉल करके पूछा था आप क्या खाना पसंद करोगी तो मम्मी ने बताया कि मुझे सेव टमाटर की सब्जी खाना पसंद है तो मम्मी को वो मन था खाने के लिए तो मैं सेव टमाटर की सब्जी बना दी और खाने में मैं बा और भैया हम तीनों यहाँ पर पपा तो मम्मा का मम्मा के साथ हॉस्पिटल में तो उन दोनों का खाना पैक करना है और मुझे पापा के लिए टिफिन लेके जाना है अब तो पता नहीं मैं ही जाऊँगी या मेरे साथ भाई भी आएगा क्योंकि उसको थोड़ा काम होगा तो वो नहीं आ सकता है तो आई थिंक नहीं आएगा पर मुझे मैं तो जाऊंगी अब तो देखते हैं कौन आता है मेरे सो so, खाना बिना खा के रेडी हो चुके हैं भाई भी आ चुका है वो खाना खा रहा है ओ... मम्मी का और पापा का खाना भी रेडी हो चुका है पैक कर दिया है मैंने और हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं पहुँच चुके हैं हरिकृष्णा हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट किया है और सेकंड फ्लोर पर है दिखा ये वे हॉस्पिटल है मम्मी इसको इधर करवर ले पर गई गया असली आओ सुंदर से छोटी मां हो गई और बच्चे ने खुली एम 7 गुड कल भी को गई थी। आज, आज, आज सेकंडे है क्या आपका इस बेड पर क्या रिश्ता है पहले छह महीने भी आप यहाँ पर ही थे याद है डेंगू हुआ था, है ना? <laughs> री भैया, पर आज जो तो कोई दूसरा भैया है कल तो थे नहीं कल हम हम ही थे यहाँ पर इस रूम में थ्री बेड आते हैं, मम्मी को हुआ है वो और सुजना गई है उसकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है दोनों की अभी पप्पा ने खाना खाया उस और प्पा को कुछ कम था, और तो पप्पा काम के लिए चले गए अभी मैं और भाई हम दोनों यहाँ पर है वो भाभी से बातें कर रहा है सुर बजुर्ग बजुर्ग मैं और मम्मा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे तो बोर हो चुके हैं मम्मी का ये चौथा है है है मम्मी मम्मी मम्मी को भी गहरी नींद आ रही कैसा हो रहा है अच्छा लग रहा है क्या बेटर यहाँ पर एक ही है बापुआ गए हैं अब थोड़ी देर के बाद हम निकलते हैं ये हमने मम्मी को दूसरी बार आई सी में एडमिशन किया है यहाँ पर पहले सिक्स मंथ पहले भी गया था तब डेंगू हुआ था और अब टाइफॉइड और लीवर में सूजन आ चुकी है तो इसलिए आज जो सेकंड डे है थ्री डे तो ऑलरेडी रखते ही है।, आ, है कल शाम को तो देखते हैं छुट्टी मिलती है कि नहीं एक तो ठीक है शाम आपको छुट्टी मिल जाती है ना मम्मा नाइट में आराम से रहे तो तो नींद हो जाती है मेरे है मेरे कैसे बोलता दूर रख दूर रख क्यों भाई क्यों दूर रखे है? है ना पप्पा <laughs> चलो हम निकल हुई तो जाइए क्या बनाऊं मम्मी आपके लिए शाम को तो मम्मी क्या खाना पसंद करोगे आप आपको बोलो ना जो खाना हो बना दूंगी बेसन का छिल्ला ओके ठीक है मैं वो बना दूंगी आठ बजे तो आपको वैसे भी छुट्टी हो जाएगी ना ठीक है कोई बात नहीं मैं वो बना देती हूँ ये हॉस्पिटल है हरिकृष्णा हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश वो जो ये जो डॉक्टर है ना डॉक्टर सुखड़िया वो उसका ही है पर जो ये है ना दिग्नेश वो उसका स्टूडेंट है अभी बाकी वो जो वो जो डॉक्टर है ना डॉक्टर सुखड़िया वो बहुत पुराने डॉक्टर है और ये जो डॉक्टर दिनेश है ना वो भी अभी उसका है ये सर। से तो वापस आ चुके हैं घर और मम्मी का मन था बेसन का छिल्ला खाने का तो बना देती हूँ और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग